अबे यार क्या यार पापा ने फिर कच्चे धोने के लिए दे तो तो तो क्या क्या क्या हो हो हो हो गया गया गया इनको धोते-धोते आदमी जाएगा तेरे पास काम ही क्या क्या क्या है है है है मेरे पास पास कोई कोई काम काम नहीं नहीं तो मैं ओह शिट लेकिन एटलीस्ट कच्चे लाइफ मैं मैं इसके लायक हैं? हिंदी। अरे मैं क्या? जल्दी हाँ। चले जा नहीं जा रहा बहन तो क्या कर लेगा अच्छा ट्रिपल पी एल याद है ट्रिपल पी एल क्या है पिछली बार पापा ने पिछवाड़ा लाल करा था याद है सुन अब क्या मेरे भी दे यार मतलब oh, oh, oh, oh, oh, अरे शैंकी सुन टाइम बारह बज रहे शंकर सुन। राज क्या है? है, है, है? मैं भी आ गया। था? वो कुछ काम कर रहा तू तो चुप बोलना ये कहानी उस दिन की है जिस दिन मेरे करवा के लौंडे के साथ लड़ाई हुई उसने मेरे कंधे में गोली मार दी थी हो हाँ, फिर अगर इस बार किसी ने बीच में बोला तो कहानी का फ्लो तो टूटेगा टूटेगा साथ में तुम उनकी गांड बहुत तोड़ दूंगा मैं तो चुपचाप सुनो दोनों हाँ तो फिर ओए होए क्या लड़की जा रही है क्या कर रहा है बेटा लड़कियां छेड़ रहा हूँ क्या कर लेगा बेटा वो मेरी बेवी है उसको छेड़ना तो दूर देखा भी ना सी मारेंगे बिना वह का बेटा क्या हुआ है को लग रखी है क्या हुआ है कहा लगी है कहा लगी है गोली गोली बेटा? गुली जो है डॉक्टर साहब हमारी गांड में उसकी। मिल नहीं रही oh, अरे कंधा पकड़ के बैठो तो कंधे में लगी होगी ना इलाज कैसे करू एक मिनट तेरे को नहीं आता है, है नहीं तो डॉक्टर क्या? नहीं करूंगा अब जल्दी कर मजाक मत कर नहीं करूंगा पता है क्यों क्योंकि तू एक गुंडा है तेरी तेरी क्या औकात मेरे सामने तू लोगों की जान लेता है मैं लोगों की जान बचाता हूँ और अभी भी कुछ शर्म बची होगी तो बेटा चले जाए यहाँ से फिर मेरे दिमाग में वो वर्ड छप सा गया तो मैंने डिसाइड करा कि नाइन टू फाइव शरीफ रहूँगा और फाइव टू नाइन वो वर्ड मेरे मुंह तक पे नहीं आएगा वाह सही है अच्छा मैंने ये बता कि तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है इसका क्या राज है भाई इसका उसके लिए तो तुझे